संविधान के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं और अपने आप को संविधानवादी और अंबेडकरवादी बोलने वाले सो रहे हैं नमस्कार दोस्तों जय भीम मैं सुरेश बोध आज एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं कि मैंने आपको बताया कि संविधान की अब माना हो रही है और अंबेडकरवादी और बाबा साहब के मानने वाले खामोश हैं यह बात मैंने क्यों कहा दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं दस परसेंट सवर्णों को आरक्षण दिया गया और एससी एसटी ओबीसी के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में मेज़े थपथपा के संविधान की जब हत्या हो रही थी संविधान की जब धज्जियां उड़ रही थी उसका समर्थन किया यह बात मैंने यूं ही नहीं कहा इसका पूरा डिटेल मैंने पिछले एक वीडियो में दिया है आप ऊपर जो लिंक चल रही है उसे क्लिक करके देख सकते हैं शॉर्ट में बताऊं तो संविधान में कहीं भी गरीबी उन्मूलन के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है लेकिन हमारे नेताओं ने उसका समर्थन किया हमारे नेताओं का मतलब जो आरक्षित सीटों से चुनके गए हैं जो संविधान के कारण वहाँ पहुँचे हैं लेकिन उन्होंने संविधान की जो मूल भावना है जब उसका उसके खिलाफ में बिल लाया जा रहा था सरकार की तरफ थे इन्होंने सरकार की तरफ से तब इन लोगों ने उसका समर्थन किया एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह सकती जी हां दोस्तों दिल्ली सरकार सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एनजीटी साइंस टीचर एग्ज़ाम का रिजल्ट आया उसमें जो कट ऑफ मार्क्स हैं आप वह जान के हेरत में पड़ जाएँगे दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित सब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड टीजीटी एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया साइंस टीचर के लिए उसमें जो कट ऑफ मार्क्स हैं उसे सुनकर आप सही में हैरत में पड़ जाएंगे एसटी का कट ऑफ मार्क्स है 69.31 परसेंट और शेड्यूल कास्ट का है 85.45 परसेंट और ओ का है 73.73 परसेंट .73 और अनरिजर्व कोटे का है जिसे हम कोटा कहेंगे मतलब सवर्णों को आरक्षण है हमें तो ऐसा लगता है क्योंकि उनका कट ऑफ मार्क्स है 80.96 परसेंट कई विभागों में यही खेल हो रहा है आप हर विभाग में अगर जाकर देखेंगे कि वहाँ पे कितने शेड्यूल कास्ट के कितने ओबीसी के और कितने शेड्यूल ट्राइब के लोग अधिकारी कर्मचारी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जैसा कि संविधान में कहा गया है सभी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए हर सेवा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए इन शोषित वंचित तबकों को और वो प्रतिनिधित्व की जो सीमा है फोर्टी आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा काफ़ी सीटें जिसे ये लोग बैकलॉग कहते हैं वो पड़ी हुई है और वहाँ पर अधिकांश लोग जिसे ये अनरिजर्व कैटेगरी के कहते हैं मैं उन्हें अनरिजर्व कह के, के इन सरकारों ने इन्हें इनके लिए रिजर्व कर दिया गया है सो कॉल्ड सवर्णों के लिए ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ इली का जो रिजल्ट आया है और वो रिजल्ट अपने आप में एक हथ करने वाला है लेकिन जो ये वर्ग है शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी ये लोग सोए रहेंगे ये लोग कोई रिएक्शन नहीं करेंगे यदि कोई राजनीतिक दल के कोई नेता को कोई अपशब्द कह देगा तो पूरे देश में बवाल मचा देंगे इन्हीं वर्ग के लोग लेकिन जब संविधान और संविधानिक अधिकारों पे हमला होता है तब ये लोग पता नहीं क्यों मौन रहते हैं क्योंकि शायद ये लोग सोए हुए हैं और जो जाग गए हैं वो सोने का ढोंग कर रहे हैं तो हमारा ये चैनल बेबाक खबरें बताने के लिए प्रतिबद्ध है सच्ची बात बताने के लिए प्रतिबद्ध है और उन वर्गों की बात को सामने रखने के लिए प्रतिबद्ध है जिन वर्गों की बात मेन मीडिया नहीं दिखाता तो अगर आप इस चैनल को बचाए रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए सपोर्ट में हम आपसे कोई पैसा नहीं चाहते हैं हम सपोर्ट में सिर्फ यही चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल के जितने भी वीडियो हैं वे इसे देखिए और शेयर कीजिए और जो भी वीडियो पसंद आते हैं उसे लाइक कीजिए और साथ में जो घंटी की बटन है उसे भी जरूर दबा दीजिए आप देख रहे हैं बाबा साहेब चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलें।